अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास ये चॉइस है कि बच्चे के हाथ में कोयला जलता हुआ रख दें या मोबाइल रख दें तो आप मेहरबानी करके फौरन कोयला उसके हाथ में रखें इसलिए कि यह उससे कम नुकसानदेह है जो कि मोबाइल ये बात मैं बिल्कुल जज्बाती तौर पे नहीं कह रहा